आज हम भारत के एक ऐसे शहर के बारे में बात कर रहे हैं जो एक नहीं बल्कि दो दो राज्यों की राजधानी है और यही वजह है कि इस शहर में दो राज्यों का कल्चर देखने को मिलता है ये शहर अपना वास्तुकला के साथ साथ अपनी प्लानिंग के कारण भी प्रसिद्ध है और इसे भारत की पहली वेल प्ले सिटी होने का दर्जा भी प्राप्त है इस शहर में सोलह सौ ज्यादा प्रकार के गुलाब के फूल देखे जाते हैं और भारत का सबसे खुशहाल और साफ सुथरा शहर है ये दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे डिसिप्लिन शहर चंडीगढ़ के बारे में तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं चंडीगढ़ की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दो ही अपना राजधानी मानते हैं। लेकिन चंडीगढ़ ना तो कोई स्वतंत्र राज्य है और ना ही किसी राज्य के अंतर्गत आता है दरअसल ये एक केंद्र शासित प्रदेश है बचपन से आप स्कूल में पढ़ते भी आए होंगे की पहले ये सात केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी एक था लेकिन अब भारत में कुल आठ केंद्र शासित प्रदेश हो गए है सन उन्नीस तक पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी लेकिन भारत की आजादी और विभाजन के बाद लाहौर वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया पंजाब को एक नई राजधानी शहर की जरूरत थी आपको बता दें कि उस समय तक पंजाब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा एक ही राज्य हुआ करते थे फिर सन उन्नीस में एक नए शहर बनाने की योजना हुई चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ड्रीम सिटी थी सन उन्नीस में इस शहर को बसाने का काम शुरू किया गया जब तक ये शहर बनकर तैयार नहीं हुआ उतने समय तक के लिए शिमला को पंजाब की राजधानी बनाया गया पहले अमेरिकन आर्किटेक्ट अलबर्ट मेयर को इस शहर की डिजाइनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गयी लेकिन बाद में उनकी प्लानिंग रद्द करके ये फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बोजियर को सौंप दिया गया और आज भी ली कार्बुजियर को ही चंडीगढ़ का वास्तुकार माना जाता है इसीलिए चंडीगढ़ में कई जगह फ्रेंच आर्किटेक्ट की झलक देखने को मिलती है दोस्तों पूरे चंडीगढ़ में साठ ऐसी अधिक सेक्टर्स से, है लेकिन इसमें सेक्टर तेरह का नाम शामिल नहीं क्यूँकी फ्रेंच लोग नंबर तेरह को बेहद अशुभ मानते हैं और इसीलिए आर्किटेक्ट ली कार्बुजियर ने तेरह नंबर का सेक्टर बनाया ही नहीं भारत में भी कई जगह आरोप इस नंबर को अशुभ माना जाता है लेकिन चंडीगढ़ के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते सन उन्नीस सौ साठ में चंडीगढ़ बनकर हो गया था और इसी साल इसे पंजाब की राजधानी घोषित कर दिया गया वही सन उन्नीस में हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था दोनों ही राज्यों ने चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाने की बात की और तब से लेकर आज तक चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी बनी हुई है सन 1972 में हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग हो गया था आज के समय में चंडीगढ़ की कुल आबादी बारह लाख के आस है देश के अलग अलग हिस्सों ऐसी लोग चंडीगढ़ आकर बसे है इसीलिए यहाँ के संस्कृति और परम्परा में एक मिश्रण दिखता है वही इसका क्षेत्रफल एक वर्ग किलोमीटर है वही जी डी कैपिटा इनकम के मामले में चंडीगढ़ का नाम भारत के टॉप शहरों की सूची में आता है चंडीगढ़ में लोगों की औसतन प्रति व्यक्ति आय तीन लाख पैतालीस हजार है वहीं पूरे शहर की जीडीपी 5.5 बिलियन डॉलर्स। आपको बता दें कि चंडीगढ़ शहर अपने डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए काफी प्रसिद्ध है आज के तारीख में इस छोटे से, से शहर में दो सौ ज्यादा स्कूल और लगभग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद है जहाँ आरोप भारत के कोने कोने ऐसी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं चंडीगढ़ के लोग खुद भी पढ़ाई लिखाई की और काफी ध्यान देते हैं और इसीलिए आज इस शहर का लिटरेसी रेट लगभग 90% के आसपास है सिर्फ इतना ही नहीं चंडीगढ़ को भारत की पहली प्लांट सिटी होने का दर्जा भी प्राप्त है चंडीगढ़ भारत के सबसे हरे भरे शहर के रूप में सम्मानित है शहर के विकास के दौरान वृक्षारोपण यहाँ की एक महत्वपूर्ण योजना थी और यहाँ पेड़ पौधों की कई प्रजातियाँ शायद ही आपको पता हो इस बात का की चंडीगढ़ को एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब ऐसी डिजाइन किया गया है चंडीगढ़ शहर को द सिटी ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है इंसान के फेफड़ों वाली जगह आरोप शहर में हरे भरे जंगल है वही दिमाग वाली जगह एजुकेशन संस्थानों हुई है चंडीगढ़ का दिल सेक्टर 17 को कहा जाता है पूरे शहर में सबसे ज्यादा मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज रेस्टोर पब्स बार्स नाइट क्लब आपको इसी सेक्टर में देखने को मिलेंगे अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करने है तो चंडीगढ़ बेस्ट डेस्टिनेशन है डिवेलपमेंट इंडेक्स में चंडीगढ़ भारत के टॉप शहरों में आता है साल दो में चंडीगढ़ को हैपीएस्ट सिटी का भी दर्जा दिया गया दो में बी ने इसे रहने के लिहाज ऐसी परफेक्ट सिटी मारा एक सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ में रहने वाले लोग भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगो ऐसी अधिक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे भारत की ग्रीन सिटी होने का दर्जा भी प्राप्त है साथ ही दुनिया में चंडीगढ़ को अपनी सुंदरता सफाई और हरियाली के कारण सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है चंडीगढ़ के तापमान में काफी उतार चढ़ाव रहता है सर्दियों के समय यहाँ का तापमान -2 डिग्री तक चला जाता है हालाँकि यहाँ आरोप बर्फ नहीं पड़ती वही गर्मियों में इस शहर का तापमान पैतालीस ऐसी पचास तक भी पहुँच जाता है यानी इस शहर में सर्दी और गर्मी दोनों ही अच्छी लेवल की पड़ती है अगर बात करें यहाँ की बोली की तो चंडीगढ़ में लगभग सेवेंटी लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वही ट्वेंटी पंजाबी भाषा बोलते हैं चंडीगढ़ के पास हरियाणा का पंचकुला शहर है और पंजाब का मोहाली पड़ता है इन तीनों शहरों को ट्राई सिटी भी कहा जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दू कि पूरे भारत में सबसे सख्त ट्रैफिक नियम चंडीगढ़ में ही देखे जाते हैं वैसे तो यहाँ के ज्यादातर चौराहे रेड लाइट फ्री है लेकिन जहाँ आरोप रेड लाइट है वहाँ भी कोई इंसान सिग्नल जम्प करने की हिम्मत नहीं रखता आधी रात को भी लोग यहाँ गलत साइड में यात्रा नहीं करते रात के समय में हाई बीम आरोप गाड़ी चलाने आरोप भी फाइन भरना पड़ता है ये नियम भारत के अन्य शहरों में भी लागू होना चाहिए चंडीगढ़ को एक स्मोक फ्री सिटी होने का भी दर्जा प्राप्त है यहाँ पर किसी भी पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना कानूनी जुर्म है ये तो आपको पता ही चल गया कि चंडीगढ़ में तीन तीन राज्यों का हस्तक्षेप रहता है चूँ की ये एक यूनियन टेरिटरी है इसीलिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका भी अहम होती है और यही वजह है की यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी रहते हैं दोस्तों भारत के कई शहरों में चौराहों आरोप अक्सर महान स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं या अन्य लोगो की मूर्तियाँ लगी दिखती है लेकिन चंडीगढ़ में किसी भी चौराहे आरोप किसी की फोटो देखने को नहीं मिलेगी ये शर्त फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कारबुजियर ने शहर के प्लानिंग करने से पहले रखी थी चंडीगढ़ में ज्यादातर सड़कों पर साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक बना हुआ है और लोग धीरे धीरे इस शहर में साइकिल को बढ़ावा दे रहे हैं इतनी बार चंडीगढ़ का नाम सुनने के बाद में एक सवाल ये भी आ रहा होगा की आखिर चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ ही क्यों रखा गया और ये नाम आया कहा ऐसी असल में चंडीगढ़ का मतलब होता है चंडी का किला ये नाम चंडीगढ़ के प्रसिद्ध प्राचीन चंडी माता के मंदिर ऐसी लिया गया है ये मंदिर चंडीगढ़ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर हर साल लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं चंडीगढ़ के शहर के बीच में एक ओपन हैंड का सिंबल बना हुआ है इस सिंबल को चंडीगढ़ की पहचान माना जाता है और इसका मतलब होता है शांति समृद्धि और एकता चंडीगढ़ शहर समुद्र तट से तीन मीटर की दूरी पर स्थित है पहाड़ों के नजदीक होने के कारण शाम के समय अक्सर यहाँ ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है कई मायनों ऐसी चंडीगढ़ को भारत का बेस्ट शहर माना जाता है यहाँ की प्लानिंग और एजुकेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं चंडीगढ़ के बारे में एक और बात जो आपको अजीब लग सकती है लेकिन ये बिल्कुल सच है दरअसल चंडीगढ़ लोकसभा या विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा धूम यूनिवर्सिटी इलेक्शन के दौरान रहती है जब भी कॉलेजेस में चुनाव होते हैं तो पूरा शहर एक अलग ही रंग में नजर आता है उस समय युवाओं को आंखों में एक अलग ही उत्साह जोश और उमंग नजर आता है चंडीगढ़ में आम का पेड़ यहां का सबसे प्रमुख पेड़ है हालाँकि इसके अलावा जगह जगह आपको बरगद अशोक कैसिया शहतूत और यूकेलेप्टिस के पेड़ पौधे ही नजर आएंगे चंडीगढ़ में हर साल मैंगो फेस्टिवल और रोज फेस्टिवल जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं मैंगो फेस्टिवल में आप सैकड़ों किस्म के आम को टेस्ट कर सकते हैं वहीं रोज फेस्टिवल के दौरान हजारों तरह के गुलाब के फूल आप देख सकते हैं चंडीगढ़ शहर अपनी संस्कृति और परम्परा के लिए भी प्रसिद्ध है यहाँ कई प्रकार के लोक और नृत्य प्रसिद्ध है गिद्धा सम्मी भांगड़ा तियान झूमर कटका धमाल आदि यहाँ के प्रसिद्ध नृत्यों के नाम है चलिए आप बात करते हैं चंडीगढ़ के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में इसे छोटे ऐसी शहर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है सुखना लेक यहाँ के सबसे प्रसिद्ध लेक है ये एक मानव निर्मित झील है जिसकी लंबाई लगभग तीन किलोमीटर है यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं साथ ही लेक के बाहर मिलने वाले नारियल पानी का भी अलग ही स्वाद आपको मिलेगा इसके अलावा कई प्रकार के स्वीट फूड्स भी आपको इसी जगह मिल जाएंगे रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक और आकर्षण का केंद्र है ये पूरा पार्क वेस्ट मटेरियल ऐसी तैयार किया गया है इसके अलावा अगर आप कभी चंडीगढ़ जाए तो यहाँ आरोप बने रोज गार्डन की सैर करना बिल्कुल मत भूलिए रोज गार्डन का पूरा नाम जाकिर हुसैन रोज गार्डन है इस गार्डन में 1600 सो से भी ज्यादा प्रकार के गुलाब के फूलों की प्रजातियां देखने को मिलती है यहां आकर फूलों की ताजा खुशबू आपको पूरी तरह से मंत्र कर देगी इसके अलावा चंडीगढ़ में राजेंद्र पार्क लेजर वैली बोगन गार्डन जापानी गार्डन गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस आदि मुख्य पार्क है इसके अलावा साहित्य और कला के क्षेत्र में चंडीगढ़ शहर काफी आगे है अगर आपको भी साहित्य और कला में रुचि है तो चंडीगढ़ में मौजूद साहित्य अकादमी ललित कला अकादमी गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी कल्चरल कॉम्प्लेक्स और प्राचीन कला केंद्र जैसे मुख्य संस्थान की सैर कर सकते हैं साथ ही चंडीगढ़ की शान ओपन हैंड म्यूजियम देखना ना भूलें। चंडीगढ़ में बने द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे साल 2016 में यूनेस्को ने अमूल्य धरोहर की सूची में शामिल किया इसके अलावा यहाँ पर सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ आप विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं सेक्टर सिक्सटीन को चंडीगढ़ में एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में जाना जाता है यहाँ आरोप एक घर है जो पिछले कई दशक ऐसी वीरान पड़ा है कहा जाता है एक लड़की की मौत के बाद उसकी आत्मा इसी घर में भटक है आते जाते लोगों को चेखने चिल्लाने जैसी आवाजें भी इस घर से अक्सर सुनाई देती है क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ का इतिहास 8000 सालों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है जी हाँ यहाँ, यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ अंश मिले हैं जिससे बात साफ होती है कि इस जगह पर आठ हजार साल पहले भी लोग रहा करते थे हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष चंडीगढ़ शहर से तितालीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित संगोल नाम के जगह से मिले हैं यहाँ पर खुदाई के दौरान कई बुद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए हैं चंडीगढ़ तक आपको भारत के किसी भी शहर ऐसी सीधी ट्रेन या फ्लाइट का सुविधा मिलेगी नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर राज्यों ऐसी बस की सुविधा भी चंडीगढ़ तक उपलब्ध है चंडीगढ़ को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है तो कम ऐसी कम दो ऐसी तीन दिन का समय इस शहर में बिताए आप बताते हैं कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे चंडीगढ़ की सैर पर दोस्तों आप अगर अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में लगभग 20000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और यहां आपको कम से कम पैसों में होटल मिल जाएगा रहने के लिए तो दोस्तों ये थी एक खूबसूरत और मनमोहक शहर चंडीगढ़ की कहानी आप में से अगर कोई है चंडीगढ़ ऐसी तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए क्या कभी आपने विजिट किए इस शहर की और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले